गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं आपके दोस्त आपके लाइफ का कोच आज एक नई वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे कि आज जो हम अपने मोबाइल फ़ोन यानी कि टेलीफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टेलीफोन या फिर सेलफोन हमारी ज़िंदगी बन चुकी है आज हर इंसान बिना फोन के नहीं रह सकता आखिरकार उसका आविष्कार कैसे हुआ उसकी आविष्कार में क्या क्या दिक्कतें आई और किसने उसका आविष्कार करा ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इंग्लैंड में जन्मे और अमेरिका में रहने वाले जो वैज्ञानिक थे कहने का मतलब ये है कि जो वैज्ञानिक जिन्होंने इसका आविष्कार किया एलेक्जेंडर ग्राहम बैल उनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ और वह अमेरिका में रहते थे वो पहले क्या करते थे कि जो बहरे बच्चे होते थे उनके लिए एक मशीन होती थी अगर आपने देखा हुआ अभी भी बहुत से लोग जो सुन नहीं पाते अच्छी तरीके से उनके कान में एक मशीन लगा दी जाती है जिससे उनको आसानी होती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और सामने वाले व्यक्ति को सुनने के बाद वह फिर अपनी तरफ से जवाब दे देते हैं तो जो एल जन्डर थे ऐसे बच्चों को उस मशीन के द्वारा सुनने की और बोलने की कला या फिर जो होती है, जहां मैगनेट होती है, वहां का एक जो बन जाता है उसमें एक लोहे की पत्ती जो कंपन करती है उस कंपन की ध्वनि को वो तार के द्वारा आगे प्रसारित करती है यानी कि दूसरे जगह पे उसको पहुंचाती है जब उन्हें ये बात पता लगी तो उन्होंने अपने सहयोगी वाटसन वाटसन नाम के एक व्यक्ति थे जो उनके सहयोगी थे उनके साथ मिलकर एक छोटा सा टेलीफोन के जैसा उन्होंने बनाया जो तार से सिस्टम था आपने देखा होगा बहुत पुराने जमाने में हम बचपन में खेलते भी थे क्या करते थे कि एक तार लगा देते थे और दोनों तरफ यह कटोरी या फिर कोई प्लास्टिक का कुछ लगा देते थे और एक बंदा उसमें बोलता था तो दूसरा अपने कान में लगाता था तो उसी तरह का उन्होंने एक टेलीफोन टाइप से एक गैजेट उन्होंने बनाया और वाटसन को एक दूसरे कमरे में भेज दिया और एलेक्जेंडर ग्राम बैल खुद एक दूसरे कमरे में चले गए और फिर उन्होंने एक दूसरे से बात करने की कोशिश करी उस यंत्र के द्वारा तो पहली बार जो एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने उस टेलीफोन में यानी कि आप कह सकते हैं कि पहली बार जो टेलीफोन में जो बोले गए जो शब्द थे वो ये थे कि जो ग्राम बैल ने वाटसन से कहा हैलो वाटसन आप यहां आइए कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि हेलो वाटसन आप यहाँ आइए ये टेलीफोन में कहने वाला सबसे पहली जो लाइन थी वो ये थी इसके बाद यही चीज 1875 में सक्सेस हुई और एक टेलीफोन तेलि, का आविष्कार हुआ जो एलेक्ल के नाम पे हुआ अठारह में 1876 में उन्हें उन्होंने उसका पैटर्न ले लिया और अठारह में उन्होंने बैल टेलीफोन कंपनी के नाम से उन्होंने एक अपनी संस्था खोली उसके बाद धीरे धीरे जो लोग दूसरे जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने धीरे धीरे उसमें और काम किया और उसको और इजी बनाते गए उसके बाद हमारे पास टेलीफोन आए वायरलेस टेलीफोन आए और आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज के टाइम पर जो फ़ोन है वो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो इसमें कही कहीं ना कहीं कई लोगों का हाथ है और गांव बैल के तो हम मानना पड़ेगा कि वह एक जीनियस थे जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी एक बड़ी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दी तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी दिया धन्यवाद